हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग तो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सेकंड सर्विस आज हम करेंगे अपनी कार की सेकंड सर्विस तो चलिए चलते हैं तो गाइज़ अपनी गाड़ी का किलोमीटर पूरा हो चुका है तो आज मेरे कार की सेकंड सर्विस है तो अभी हम जा रहे हैं अपनी कार की सेकंड सर्विस करवाने के लिए सोना रोड से जयपुर रोड के लिए क्योंकि टोटा का आई सर्विस सेंटर जयपुर रोड तो जयपुर रोड पर लगता है तो चलिए चलते है जयपुर जैसा कि मैंने कहा हम जयपुर आईजीएम सर्विस सेंटर में जा रहे हैं तो ये सोना रोड है इधर सोना रोड ख़त्म होता है और ये रहा जयपुर के लिए है। अब हमें इधर मुड़ना है जयपुर जाने के लिए तो जय यहाँ से लगभग तीन या दो किलोमीटर के अराउंड आईजीएम सर्विस सेंटर होगा आई हम सर्विस सेंटर पहुँचने ही वाले हैं ये आगे टोएटा को सर्विस सेंटर तो अभी आपको दिखाता हूँ ये रहा आई जी सर्विस सेंटर तो तो चलिए अंदर चलते गुड नाइट सर मुस्कान फाइव डबल नाइन टू फाइव, डबल फोर ओन थ्री, वेडिंग के अंदर चलेंगे, फो चार अंदर चार सौ तीस, सर्विस हाँ सर्विस, गाड़ी अंदर लेंगे, हम गाड़ी अंदर लेंगे, आगे लेंगे वो फाइव साउंड, हम आगे टू आगे के सर्विस सेंटर में अंदर 都去 आपने देखा कि आ, कार की सेकेंड सर्विस कैसी होती है जैसे पहले फर्स्ट सर्विस करी थी सेम वैसी होती है, इस फर्स्ट सर्विस में हमारा एसी फिल्टर वगैरह ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था बट सेकेंड सर्विस में ये कुछ भी नहीं हुआ और थर्ड सर्विस में गाड़ी के ऑयल गाड़ी का ऑयल चेंज होगा एसी फिल्टर वगैरह ऑयल फिल्टर वगैरह ये सब कुछ चेंज होगा और थर्ड सर्विस में गाड़ी माइलेज देगी अराउंड 18 से 20 का माइलेज देखें तो टोयटा की सर्विस बड़ी बढ़िया रहती है बहुत बेस्ट रहती है टोएटा के लिए एक लाइक करना और लाइक अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लव यू माय यूट्यूब फैमिली